श्याम माखने चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे श्याम माखने चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे श्याम माखने चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं श्याम माखने चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं श्याम बहाना बनाते बनाते वो बहाना बनाते बनाते अब दीवाना बनाने लगे श्याम माखने चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे देवकी के गर्व से जो जाए माता तो के लाल देवकी के गर्व से जो जाए माता जशुदा के लाल कहाए बाल बालों के संग में कन्हैया बाल बालों के संग में कन्हैया अब तो बऊआ चराने लगे हैं श्याम माँ कने चुराते चुराते अब दिल भी चुराने लगे हैं मोहबरमा का जिसने घटाया मान इंद्र का जिसने मिटाया मोह मोहबर्मा का जिसने घटाया मान इंद्र का जिसने मिटाया स्वयं बनकर पुजारी कन्हैया स्वयं बनकर पुजारी कन्हैया अब तो फिर मरे पुजाने लगे हैं श्याम माखन चुराते चुराते अब दिल भी चुराने लगे हैं श्याम ने ऐसी बंसी बजाई तहन सखियों को दिल में समाई समाय सामने आई बंसी बजाई तहन सखियों के दिल में समाई राधा रानी को लेकर कन्हैया राधा रानी को ले करे कन्हैयास बने रचाने लगे क्या मैं चुराते चुराते हमें दिल भी चुराने लगे दिन बंधु जमाने के दाता संत भक्तों के भाग विदाता दिन बंधु जमाने के दाता संत भगतों के भाग विधाता दया लेकर शरण राधा रानी की दया लेकर शरण राधा रानी की उनका गुन गाने लगे हैं श्याम माखने चुराते चुराते अरे दिल भी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 ओ बहाना बनाते बनाते अपनी बहना बनाने लगे हैं श्याम माखने चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं श्याम माखने चुराते चुराते अब दिल भी चुराने लगे श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे श्याम तेरी बनती बजे धीरे धीरे बजे धीरे धीरे बजे धीरे धीरे श्याम तेरी बंसी बजे धीरे श्याम तेरी बनती बजे धीरे मथुरा गोफुल नगरी मथुरायफ नगरी बीच में जमुना बहे धीरे धीरे बहे धीरे धीरे शाम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे शाम तेरी बंसी बल धीरे धीरे मधुमंगल इत श्री दामा इत मधु मंगल इत श्री दामा बीच में कांदा बीच में कांदा चले धीरे दीर धीरे चले वीर सामने तेरी बनती बजे कन्हैया बनती इत इतने ललिता इतने विशाखा इतने ललिता इतने में धीरे दीर धीरे चले धीरे धीरे श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे कन्हैया तेरी बनती कदम तो के जाली पर झूला परो है कदम के डाली पे कदम के डाली पे झूला पड़ो है राधा और मोहन राधा और मोहन झूले वीर धीरे झूले वीर धीरे श्याम तेरी सब आय तेरी शरण में हम सब आय तेरी शरण में हमें भी दर्शन हो, हो, हो हमें भी दर्शन मिले धीरे धीरे मिले धीरे धीरे तेरी मंत्री धीरे र कनैया बंसी बजे धीरे बजीर धीरे बजे धीर धीरे बजे धीरे दीर धीरे दीर वो शाम तेरी बनती बजे धीरे धीरे कनैया तेरी बंसी बजे धीरे धीरे कनैया तेरी बनती बजे धीरे धीरे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 निछावर कर गए भक्त लाखों आप पर निछावर कर गए हजारों पापी आपका नाम लेकर तरे गए का गीधिया जा मिलके खबर लेने आपने भक्ति द्वार भी मुक्त कर दी आपने सुन ले पुकार अब तो सुन ले पुकार अब तो वो मुर्ली बजान वाले सुन ले पुकार अब तो मुर्ली बजान वाले सुन ले पुकार पुकारे अब तो मुर्ली बजने वाले सुन ले पुकार अब तो मुली बजान वाले सुन ले पुकार अब तो मुर्ली बजने वाले बिगड़ी बना दो सबकी बिगड़ी बना दो सबकी बिगड़ी बनाने वाले सुनले पुकारे अब तो मु बजाने वाले सुनले पुकारे प्रहलाद ने पुकारा नरसिंह रूप धारा ने पुकारा नरसिंह रूप धारा घरना कुछ कुारा खरना कुछ कुमारा ओ भक्ति बजान वाले सुन ले पुकारे अब तो ओ मुरली बजाने वाले सुन ले पुकारे अब तो गजराज ने पुकारा तजगड़ूर धारा गजराज ने पुकारा तजगड़ू रचारा जल ढूबत गद को उबारा जल ढूबत गद को उबारा वो बंधन छुड़ाने वाले सुन ले पुकारे अब तो बदान बाल सुनल पुकार तो जब जबद्रोहपदी नेरी पलकी किए न देरी जब ने टेरी पल की किए ना देरी भारत कराने की आई ये अचूक घड़ी तब खेल रचाया जुवे का कर्मों की आड़ी पड़ी बस जुदीर हार गए सब हारे हवेली रतन जड़ी खुदिया द्रौपदीनाराताओ की हरी चौड़ी दुर्जो धन दात चबा चबा बोला बात खड़ी कड़ी अरे नंगी कर दो दुर्टा को तोड़ो न थ हार सिंगार लड़ी जब द्रौपदी नेरी ने पलकी किए नब द्रौपदी नेरी पलकी किए न देरी हर लग गई चीर की ढेरी लग गई चीर की ढेरी वो लज्जा बचाने वाले सुन ले पुतारे अब तो बजाने वाले सुनले पुताए बलराम ने पुकारा धनवों को सनहारा बलराम ने पुकारा दैतों को सनहारा हर नैया लगा दो किनारा नैया लगा दो किनारा। ओ दोनारा से तिरने वाले सुन ले पुकारे अब तो मुरली बजाने वाले सुन ले पुकारे अब तो सुन ले पुकारे अब तो वो मुली बजाने वाले सुनले पुकार अब तो वो बुरली बजाने वाले बिगड़ी बना दे सबके बिगड़ी बना दे सबकी बिगड़ी बनाने वाले सुन, तो सुन ले पुकार अब तो मुली बजाने वाले सुन ले पुकार अब तो मुरली बजान वाले सुन ले अब तो नाम हरदम हरी का सुमर ले जिंदगी का ठिकाना नहीं है नाम हरदम हरी का सुमर ले जिंदगी का ठिकाना नहीं है। हरदम हरिका सुमर ले जिंदगी का ठिकाना नहीं है नाम हरदम हरिका सुमर ले जिंदगी का ठिकाना नहीं है श्वास अनमो श्वास अनमोल प्रभु ने दिया है श्वास अनमोल प्रभु ने दिया है व्यर्थ इसको गवाना नहीं है श्वास अनमोल प्रभु ने दिया है व्यर्थ इसको गवाना नहीं है नाम हर दमे हरी का सुमर ले का दिका, ठिकाना मान यार बो की दौलत कमाया महल बो पोछा उठाया माना हर वो कमाया उठा तो वो महल सूख बुझाया हीरा पन्ना हीरा पन्ना सजाया हिरा पन्ना से कुछ को सजाया ये खजाना यही का यहीं दमे हरी का सुमर ले जिंदगी का ठिकाना नहीं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 धोखा खाए हैं पूजी गवा के धोखा खाए हैं पूजी गवा क्या कहेंगे क्या कहेंगे उस मालिक से जाके क्या कहोगे उस मालिक से जाके वहाँ चलता बहाना नहीं नाम हरे गमहरी का तुम ले का ठिकाना नहीं है नम हर दम हरिका सुमर ले जिंदगी का ठिकाना नहीं है नमह हर दम हरी का सुमर ले जिंदगी का ठिकाना नहीं है जिंदगी का ठिकाना नहीं सास अनमोल श्वास अनमोल प्रभु ने दिया है श्वास अनमोल प्रभु ने दिया है व्यर्थ उसको खमाना नहीं है नाम हर दमहरी का मर ले जिंदगी का ठिकाना नहीं है जिंदगी का ठिकाना नहीं है जिंदगी का ठिकाना नहीं है। जा चुके मेरे कन्हैया कनै जा जाके मेरे कन्हैया कनैया यहा मेरी लुटी जा रही है कहाँ जा चुके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 ती है आवो श्याम मेरी खेने तू नै आवो श्याम मेरी खेने तू नई यार तुम्हें को बहना बुलाती है भाई तुम्हें को बहना बुलाती है भाई है अगर तुम नया आए सभा में मुड़ारी अगर तुम नया सभा में मुड़ारी मुड़ारी तेरी साल घट जा रही है कहाँ जा चुके रे कन्हैया कहा जा चुके गुरु द्रोण बोलो पिता मैं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 रही कहां जा, कहां जा, जा रही है कहा जा छुपे तुम तुम्हारे कन्हैया कहा जा छुपे हो तुम्हे कन्हैया यहाँ लाद मेरी रुकी जा रही है कहाँ जा छुपे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 हारी है बाजी जुए में पति हारी है बाजी महलों कि रानी लुटी जा रही है कहाँ जा चुके हो तुम्हेरे कन्हैया कहा जा चुके हो तुम्हेरे कन्हैया कहा मेरी लुटी जा रही है कहाँ जा चुके हो मेरे क नहीं आद अंत में द्रौपदी कहती है की है प्रभु खिंचत चीरे जब दूसन हारा समझूंगी भगवन तेरा सारा खिंचत चीरे जब दूसासन हारा समझूंगी भगवान में इशारा तुम्हारा सब झुंड भगमन में इशारा तुम्हारा साड़ी के भरता तुम्हें हो मुड़ारी साड़ी के भरता तुम्हें हो मुड़ारी इसी से ये साड़ी बढ़ी जा रही है जा चुके मेरे कन्हैया कहा जा चुके हो तुम मेरे कन्हैया? यहाँ लाद मेरी लूटी जा रही है कहा जा चुके हो मेरे कन्हैया? कहा जा चुके रे कहैया कहाँ जा